भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े कारम बाँध फूटने के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बात प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और कहा भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार करके उसे इवेंट बना देती है भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण कारम बांध फूटा है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ मंगलवार सुबह धार जिले के धर्मपुरी तहसील में कारम बांध फूटने ऐसी बने हालात का जायजा लेने पहुँचे इस दौरान उन्होंने बांध फूटने से प्रभावित हुए ग्रामीणों से भी मुलाकात की कमलनाथ ने कहा कि केवल फसल की क्षति नहीं हुई है पत्थर आने से खेती की जमीन खराब हुई और मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं नुकसान की भरपाई के लिए भी अभी चर्चा हो रही है सर्वे हो रहा है जो आंखों से दिख रहा है उसमें किस बात का सर्वे कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण कारम बांध फूटा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है भाजपा में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था की गई है जिससे मध्य प्रदेश का भविष्य खतरे में है कारम डैम पर तीन मंत्रियों की मौजूदगी पर कमलनाथ ने कहा भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार करके उसे इवेंट का रूप दे देती है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बाढ़ आई है मैं आज आया था देखने के लिए की कि किस प्रकार का डैम फूटा है ये डैम जो फूटा है ये भ्रष्टाचार का बीजेपी का डैम फूटा है ये मिट्टी देखें साफ मैंने मिट्टी देखी मिट्टी का डैम बना हुआ मैं लोगों से मिला जो प्रभावित हुए जिनकी ज़मीन गई है फसल गई है घर गए हैं जो आज जंगल में घूम रहे हैं इनकी कोई प्रबंध नहीं पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक लगी हुई है और ये एक उदाहरण है इस दीमक का हर ज़िले में भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनाई है पंचायत से लेके मंत्रालय तक इससे मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार की पटरी पर चल रही है कमलनाथ से एक ग्रामीण ने कहा डैम के पानी से नदी किनारे की मेरी 10 बीघा जमीन पर खड़ी फसल पूरी बह गई है अब बस जमीन पर पत्थर ही नजर आ रहे हैं हालात तो ऐसे हो गए हैं की यहाँ पर अब कोई कमाई नहीं होगी कमलनाथ ने पूछा आप क्या करोगे तो बोले जीवन भर अब खेती नहीं होगी हमारे मकान भी गिर गए हैं अब क्या करेंगे गांव से गुजरते समय रास्ते में खड़ी महिलाओं ने कमलनाथ को रोक लिया वे बोली गाय बकरी के साथ जंगल में रहने को मजबूर हैं सब कुछ खत्म हो गया कमलनाथ ने पूछा मुआवजा कुछ मिला कोई गांव आया था क्या तो सभी पीड़ितों ने कहा हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है कमलनाथ ने कहा मैं प्रभावितों से मिला उनके मकान जमीन सब कुछ चौपट हो गया है ये प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनी है उसका उदाहरण है मुख्यमंत्री रहते मैंने ई टेंडर को लेकर कार्रवाई शुरू की थी शिवराज सरकार में हर ठेके में जब तक सौदा नहीं होता तब तक कोई काम नहीं होता इतनी सारी योजनाएं इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि दलाली का सौदा जो अब तक पूरा नहीं हुआ है आज मिट्टी का डैम देखकर आश्चर्य हुआ पता नहीं प्रदेश में ऐसे कितने डैम बने हैं इस डैम ने प्रभावितों को जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया